हेलो फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो गई है ग्लो नहीं कर रही है पैची हो गई है और उस पर दाग धब्बे भी आ गए हैं पिंपल्स की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं विंटर्स की वजह से और भी ज़्यादा ड्राई हो गई है तो कैसे उसको ग्लोई पिंक और सॉफ्ट बनाएँ तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है लेकिन ये हमारी है ड्राईनेस पर और हमारी जो स्क्रब होता है उसका क्या फ़ायदा होता है उसे हम क्यों यूज़ करें कैसे यूज़ करें तो यहाँ पर मैं एक बढ़िया सा स्क्रब बनाने जा रही हूँ विंटर्स के लिए वैसे तो ये ड्राई स्किन टाइप्स के लिए है लेकिन नॉर्मली इसको कोई भी यूज़ कर सकता है क्योंकि इसमें मैंने लिया है दही और इसमें लिया है मैंने हल्दी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप हल्दी को छोड़ सकते हैं अगर आपको सूट नहीं करती है तो आप इसकी जगह चंदन पाउडर डाल सकते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है हनी हनी आपको पता है एंटीबैक्टीरियल होता है एंटीसेप्टिक होता है और स्किन को बहुत ही हाइड्रेट करता है अंदर से मॉइस्चराइज करता है तो इसको डालना बहुत ज़रूरी है और स्किन को क्लियर बनाता है यहाँ पर मैंने लिया है चावल चावल का आटा आटा बिल्कुल नहीं है ये दरदरा पिसा हुआ है ये देखिए ये सूजी की तरह है अगर आपके पास पिसा हुआ दरदरा चावल नहीं है तो आप इसकी जगह सूजी भी यूज़ कर सकते हैं वो भी अच्छा वर्क करेगी क्योंकि इससे आपकी जो स्किन है वो अच्छे से रब हो जाएगी और हमें अपनी स्किन को जो ड्राइनेस है उसको हटाने के लिए जो हमारी स्किन पर आपने देखा होगा फ्लैक्स से लग जाते हैं जो परत सी लगने लगती हैं बहुत ही ज़्यादा अलग अलग सी परतें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो नहीं कर पाती है शाइन नहीं कर पाती है और उसकी जो नमी है वो चली जाती है ऑयल भी नहीं होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई लगने लगती है तो उसको हमारी स्किन को ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं वो अच्छे से हटा देते हैं उसको हमें स्किन पर अच्छे से रगड़ना है और उससे इसको स्क्रब करना है रगड़ने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे रगड़ें कि स्किन लाल हो जाए या स्किन और भी ज़्यादा हमारी फटने लगे। हमें स्किन को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रगड़ना है इसको हमें कैसे यूज़ करना है हमें हफ़्ते में इसको सिर्फ़ एक बार यूज़ करना है और हमेशा इस्क्रब को हमें रात में यूज़ करना है अगर आपको एकदम ग्लासी स्किन चाहिए एकदम शाइनी स्किन चाहिए तो हमें इसको रात में लगाना है अच्छे से स्क्रब करना है और फेस वॉश करना है स्क्रब कितने टाइम के लिए करना है सिर्फ आप 30 सेकंड से एक मिनट तक ही स्क्रब कर सकते हैं थोड़ी देर लगाकर इसको छोड़ दीजिए उसके बाद में रगड़कर आप इसको उतार दीजिए आपको बहुत ज्यादा टाइट हाथों से नहीं रगड़ना है सॉफ्टली ही रगड़ना है उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगेगी स्किन चमकने लगेगी इसके साथ साथ स्किन पर जो पिगमेंट होगा या जो पिंपल्स के स्कार्स के दाग धब्बे जो निशान होंगे वो भी हल्के हो जाएंगे तो वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिए कमेंट्स में बताइए चलते हैं बाय बाय